जय श्री राम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के पावन बेला में रामनवमी के अवसर में वैष्णवी अपार्टमेंट को जितेंद्र सरिन जी देखिए कितने अच्छे ढंग से सुसज्जित कर दिया है इसकी अपनी ही सुंदरता की आभा झलक रही है यह जितेंद्र सरिन अध्यक्ष पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के है जो समाज में बहुत ही अच्छा मान मर्यादा प्रतिष्ठा को कायम किए हुए हैं और आए दिन बहुत सारा सामाजिक कार्य करते हैं बहुत गरीब लोगों के एक सहारा है ये ऐसे कितने कार्य समाज में अब तक कर चुके हैं भगवान श्री रामचंद्र जी इनको सदैव खुश रखें इनके इनके सर पे हर गरीब इंसानों का दुखियों का आशीर्वाद और प्रभु का आशीर्वाद और प्यार सदैव इन्हें प्राप्त हो जय श्री राम